बार लाइव है तो जल्दी होगी तो माफ़ करना और आप आपसे लोग सपोर्ट बनाए रखो लाइकें एंड जरूर कर दो क्योंकि उसी से मोटिवेट मिलता है चलो स्टार्ट करते हैं आज का लाइक आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सब लोग क्वेश्चन कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप आपसे लोग आगे बढ़ो और देखते रहो मजे लो आज आज की लाइन में मुझे कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप सबसे कुछ सीखना चाहता हूँ आप सब लोग प्लीज एक एक कमेंट कर देना चलो बोलते रहो यार मैं तो बोलता रहूँगा आप सब लोग आ जाओ फटाफट -फ़ड़, चलो आते रहो आते रहो सभी का वेलकम है श्री राम जी वेलकम रिका जी वेलकम सभी का वेलकम करता हूँ यार अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम है आप सब प्यार बनाओ यार है सम्मु, हाँ सम्मु। सोनू भाई वेलकम सोनू के बॉक वेलकम फर्स्ट टाइम हाई हाय हेलो हेलो कैसे हो प्लीज़ आर कमेंट करते रहो हर हाँ। जो पढ़ाते रहो उसी से सपोर्ट मिलता है यार अब सभी सु... का प्यार चाहिए बस अब सुनो आगे बढ़ते रहो यार प्यार दो हेलो हेलो हेलो हेलो सुलो स्वागत करता हूँ अपने इवनिंग लाइव में सभी का स्वागत है और चलते रहें बनते रहे आगे आगे बढ़ते रहें मुझे खुशी हो रहा है आज फर्स्ट टाइम लाइव में और मेरा मेरे तीन लोग आ गए मेरे पे मेरे लाइव में तीन लोग आ गए आप सुखा स्वागत करता हूँ यार दिल से और भाई कैसे हो हम तो बढ़िया हैं सोनू भाई आप बता दो आप कैसे हो मस्त हो गुड मॉर्निंग आप सभी को सब लोग बोलते रहो फर्स्ट टाइम बहुत एक्साइटेड हुआ है बहुत मजा आएगा ऐसे ऐसे आगे ओ आपकी सुमा गोस्वामी वेलकम सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भैया जी भैया जी एंड भाभी जी गुड मॉर्निंग कैसे हो मेरे में आपका स्वागत मोबाइल सीधा करना है मुझे चलो मोबाइल में सीधा कर लेता हूँ चलो मेरे भाई बोले हैं मोबाइल सीधा कर लो मजा आएगा चलो भाई ने बोला भाई लाइन आरती सीमा को गोस्वामी मेरे लाइन में आपका स्वागत है और हार्दिक स्वागत करता हूं यार आप सबका वेलकम है तो सभी का कमेंट पढ़ा पढ़ाऊँ धीरे धीरे मोबाइल सीधे कर लो यार थैंक यू थैंक यू भाई थैंक यू बताने के लिए फर्स्ट स्टाइल यार आप सब लोग बताओगे तभी तो मैं आगे बढ़ूँगा तो लैकडेन सब लोग लाइक लैकडन करो यार प्लीज़ लाइक लैकडाइन करो प्लीज़ ऐसा जो है इसको कर दो यार प्लीज़ करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ और सोनू भाई बोल रहे हैं मैं अभी अच्छा हूँ आप बताओ हाँ भाई अच्छा ही रहना चाहिए नमस्कार सोनू भाई भाई भाई भाई आती बोल ले नमस्कार कैसे हो सोनू भाई बोलो सोनू भाई आप बताओ सबको बताओ <coughs> मजा आया आज मुझे बहुत मजा आया क्योंकि फर्स्ट टाइम है और आप सब लोग मेरे लाइन में जुड़े बहुत अच्छा लगा यार जितने लोग बहुत खुश हूँ बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो आप सब लोग प्यार मना हो यार सभी का वेलकम एक नैलकम सभी आरती गोस्वामी ब्लॉग बोल रहे हैं सभी फैमिली को नमस्कार आप सब लोग प्यार भटा नमस्कार यार आप सब लोग बोलते रहो यार मजा आएगा फर्स्ट टाइम लाइव है यार कोई दिक्कत होगी कोई गलती होगी तो माफ कर देना धीरे धीरे अपने में सुधार लाऊंगा और बदलाव लाऊंगा बहुत मजा आएगा आपसे लोग यार कोई कुछ चल कर सकते हो तो जितने लोग हैं सभी का मैं नाम लेना चाहता हूं सोनू भाई सोनू के ब्लॉग वेलकम ओ भाई सभी लोग लाइक कर दो यार सोनू भाई बोले प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज, आप भाई पूछ रहे हैं आपकी कौन सी वीडियो डिलीट हो गई भाई कल मैंने एक वीडियो शूट किया था जो आज अपलोड करना था मुझे सुबह आठ बजे वही वीडियो में मेरे स्टोरेज मेरा फुल हो गया था तो वही वीडियो मैं डिलीट वही वीडियो मेरा डिलीट हो गया मैं बहुत प्रयास करा उसको अपडेट भी करके रखा था बहुत प्रयास करा पर वो वीडियो वापस नहीं आया यार मेरा वो वीडियो डिलीट हो गया और वीडियो रिलीज हो गया और मैं आज आज मैं लाइव नहीं आने वाला था और मेरे पास कोई वीडियो नहीं बचा है आज चलो सभी से में और अपने में। तो सभी का गुड मॉर्निंग और वेलकम सोनू भाई और अपना बताओ मुंबई में कैसा काम वाम चल रहा है कैसे हो आरती सीमा गोस्वामी कैसे हो नाश्ता वास्ता हो गया बोलते रहो सभी का वेलकम वेलकम आ जाओ सब लोग प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज स्वागत है जितने भी लोग मेरे लाइव में जुड़े हो सभी का नमस्कार हाँ भैया जी हो कोई बात नहीं है वीडियो तो आता रहेगा वीडियो बनाता रहूंगा मज़ा आएगा भाई आप कैस आपका कौन सा वीडियो डिलीट हो गया अरे भाई कल मैं एक वीडियो शूट किया था वही वीडियो मेरा डिलीट हो गया यार सोनू भाई और तो सोनू भाई नाश्ता वास्ता हुआ कि अभी सो के उठ गया मेरे लाइव में आगे सोनू भाई मेरे लाइफ में सो के उठे जैसे आगे इतना अरे हाँ सब लोग यार शेर करो यार मेरे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए यार जल्दी जल्दी शेर करो और मेरे लाइफ में जल्दी जल्दी, जल्दी और। सभी का वेलकम है जितने लोग आ रहे हो और जा रहे हो कोई बात नहीं सभी का वेलकम दिल से वेलकम करता है ब्लॉग दिल से ओ भाभी जी का भी नाश्ता तैयार हो रहा है अभी नहीं हुआ भाई। है चलो भैया जी नाश्ता नाश्ता कर लो अच्छा तैयार कर लो कि खा लो और क्या लोग लाइव में हो सभी का स्वागत नमस्कार भैया भैया राधे राधे ब्लॉगर वेलकम सभी का वेलकम वेलकम भाई। ओ कोई बात नहीं भाई जी कोई बात नहीं ब्लॉगर वाले भैया गलती होगी यार तुम माफ कर देना क्योंकि थोड़ा मिस्टेक होता है अभी पहली बार है धीरे धीरे सब सही हो जाएगा भाई अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बड़ा थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं कर सकता आई भाई, भाई भाई भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई दुर्गेश भाई को दोस्त बना लू बना लिया यार से सपोर्ट सपोर्ट सभी का सपोर्ट हो गया यार पहली बार लाइव है कुछ थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती है धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर मैं भी बोलने फास्ट बोलने लगूंगा यार और गलती होगी तो माफ कर देना आप सभी लोग धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी ब्लॉक वाले दुर्गेश आपका स्वागत है मेरे लाइव में फर्स्ट टाइम आप आए दिल से शुक्रिया आपका और दिल से स्वागत मेरे लाइव में आए और आप सब लोग बात कर रहे हो आप इसमें बहुत मज़ा आ रहा है फर्स्ट टाइम है फाइव लोग हैं बहुत मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा भैया जी कोई गलती नहीं हो जाता हाँ वो हो जाता है यार क्योंकि पहली बार है लाइफ हो जाता है ऐसा होता रहता है छोटी मोटी गलतियां होती हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है तो हम सब लोग अभी छोटे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना धीरे धीरे -दिर सुधार होता रहेगा मज़ा आएगा अभी तो आने दो खूब मज़े आएँगे खूब मज़े करेंगे हम सब लोग मिल मजे करेंगे का वेलकम स्वागत और हो सब लोग आओ प्लीज प्लीज प्लीज स्वागत है भाई ओए भाई भाई भाई सोनू सोनू अभी सोके उठे और मेरे लाइव में तुरंत ज्वाइन हो यार भाई, यार थैंक यू आप सभी लोग सपोर्ट करते हो यार तभी आगे बढ़ूंगा यार सोनू भाई सोनू भाई सोनू भाई, भाई कैसे हो मुंबई में नास्ता वास्ता हुआ कि अभी सोके ब्लॉग वाले दुर्गेश बोले भाई जी मुझे कमेंट नहीं मिल रहा है अरे भाई ऐसा मत बोलो आपका भी नाम ले रहा हूँ यार जितने लोग नए हो सोनू भाई नए हो तो दुर्गेश वाले ब्लॉग वाले दुर्गेश भैया के पास जाइए और उनको भी सपोर्ट करिए जाइए भैया जी सोनू भैया जी या जाइए जितने लोग मेरे लाइव में जुड़े हो ब्लॉग वाले दुर्गेश के पास जाइए और उनको सपोर्ट करिए प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट करिए जाके देखो। आप सभी फैमिली को प्यार भरा नमस्कार ओए सोनू भाई ऐसा मत बोलो सभी को नमस्कार नमस्कार सोनू भाई नमस्कार कर रहे हैं आल फैमिली को स्वामी को, को बोलने हैं सोनू भाई कैसे हो आप जरूर बताइएगा हार्ती गोस्वामी जी जरूर बताइएगा सोनू भाई कैसे पूछ रहे हैं आप कैसे हो अच्छा ऐसा नहीं है ब्लॉग ब्लॉग वाले दुर्गेश बोल रहे हैं अच्छा ऐसा नहीं है नहीं भाई ऐसा बिल्कुल है यार आप, अब अब कब ब्लॉग में देखता हूँ बहुत अच्छा रहता है यार बहुत अच्छा अच्छा बहुत अच्छा ओ दुर्गेश वाले भैया बस ऐसे ऐसे चलते रहते हैं दुर्गेश भैया जी पूछ रहे हैं आपके फैमिली में सब लोग कैसे हैं मेरे कौन कौन है तो मेरे फैमिली में मेरे पाप मेरे पापा और मम्मी नहीं है मेरे चार भाई हैं और उनके साथ में रहता हूँ मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर आज मैंने सोचा कि उन्होंने सबसे अलग हटके किया जाए तो मैं मेरे गांव में भी कोई नहीं था तो मैं हटके सोचा यार सभी का वेलकम तो हमारे साथ तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रीत का फैमिली ब्लॉग आपका स्वागत है दिल से स्वागत है वेलकम है सबका बेलका भाई रीत का फैमिली ब्लॉग आरती नमस्कार नमस्कार सभी को और ऋतका फैमिली ब्लॉग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग आप सभी को कैसा लग रहा है मैं कैसा बोल रहा हूं आप सब लोग प्लीज़ बताओ फर्स्ट टाइम है कोई गलती होगी तो माफ़ करो प्लीज़ आप सब लोग माफ़ कर देना मेरी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है और मैं धीरे धीरे सुधार करूंगा कि मैं फर्स्ट कमेंट पढूं धीरे धीरे आदत बनाऊंगा के ब्लॉग ब्लॉग का फैमिली को नमस्कार बोल नमस्कार बोल रहे हैं लोग और मैं जानकारी दीजिए हाँ भैया जी अभी मुझे बहुत जानकारी चाहिए धीरे धीरे जानकारी होगी तो आज हमारी लाइव अभी बहुत, बहुत बहुत चलने वाला है बहुत मजाने वाला है यार सब लोग जुड़े रहो यार धीरे धीरे बहुत सुधार होगी आप सबको प्यार नमस्कार और स्वागत करता हूँ जितने लोग मेरे लाइव में हों सभी का वेलकम दुर्गेश भैया में जरूर आपको पूरी जानकारी दूंगी हाँ भैया जी दुर्गेश भैया जी आरती स्वामी गोस्वामी बोलने ही आपको पूरी जानकारी दूंगी और रित का फैमिली ब्लॉक बोल रहे नमस्कार सोनू भैया जी आप बताओ तो सोनू जी आप हो मेरे लाइन में तो प्लीज रितिका फैमिली को बताइए आप कैसे हो अब प्लीज प्लीज प्लीज सोनू भैया जी कैसे हो बताओ सोनू भाई बोलो बताओ, बताओ। रितिका फैमिली बोल रहे हैं दुर्गेश भैया आप कैसे हो प्लीज दुर्गेश भैया आप भी बता दो कैसे हो कमेंट करते रहो धीरे धीरे पढ़ता रहूंगा आज सब अच्छे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया ऐसे ही लगे रहो थैंक यू भैया जी थैंक यू भाभी जी जी आरती सीमा गोस्वामी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू। वेलकम सोनू भैया जी बोल रहे हैं सब बढ़िया है भाई को लाइक कर दो भाई लोग लाइक कर दो सोनू भाई बोल रहे हैं भाई लोग लाइक कर दो जितने लोग हो लाइक कर दो सही बात है यार लाइक करते हो उससे मोटिवेट मिलता है यार आज मैं फर्स्ट टाइम है फर्स्ट टाइम है मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं बहुत मज़ा आ रहा है बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और के साथ में बहुत खुश हूँ यार आज सब लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखो सभी को, सभी, को, सभी को सभी को दिल से पहल का यहाँ पे धूप आने लगा अभी के पास आने लगा आप कैसे हो रीतका तो दुर्गेश भैया बोल रहे हैं आप रीतका कैसे हो तो आप प्लीज़ बताइए दुर्गेश भैया क्यों कैसे हो तो आप प्लीज़ जाके बताओ प्लीज़ कमेंट करके बताओ सभी का वेलकम वेलकम त्लीमारमझे <laughs> आप पूरे रात सोए नहीं हो लाइव आने के लिए सोनू भाई ऐसा बोले नहीं भाई मैं सोया हूँ मैं खुशी था सुबह सुबह जब आठ मैं बोल रहा हूँ था कब कब आठ बज के पंद्रह मिनट हो गया कब आठ बज के पंद्रह मिनट हो, हो गया कब मैं लाइव जाऊँगा यार भाई बहुत खुशी था हाँ सोनू भाई आपने सही बोला मैं रात से यार, रात से मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी लाइव जाऊँगा जल्दी कब आठ बजेगा सुबह कब आठ बजेगा आठ बज के पंद्रह मिनट कब होगा कब मैं लाइव जाऊँगा मैं लाइव आ ही गया आप सभी लोगों को वेलकम आप सभी लोगों लोग आइए आप सभी को वेलकम। तो रीतका जी बोल रही हैं आप सभी का वेलकम है आप सभी लोग रीतका के घर पर रीद... आप सभी लोग रीतका फैमिली के ब्लॉग के घर पर जरूर जाइए जितने लोग हों प्लीज जाओ उनके उनके घर पर प्लीज चाहो भैया भैया आपका फर्स्ट टाइम लाई भाई बहुत अच्छा बोल रहे हो हमसे बोला नहीं जा पा रहा था और रीतिका जी बोल रहे हैं आपका फर्स्ट टाइम लाइव है आप इतना अच्छा बोल रहे हो आ, मुझसे इतन, मुझसे बोला नहीं जा रहा नहीं ऐसा नहीं है मुझे कुछ सीख मिलता है यार सीख है फर्स्ट टाइम लाइव है सीखते सीखते और आगे जाऊँगा आप सब लोग सिखाने वाले हो आप सब लोग से सीखता हूँ कुछ बोलता हूँ और कुछ समझता हूँ यार मैं अपने भाई का सबसे बड़ा शुक्र गुजार हूँ आरती सीमा गोस्वामी का जो मुझे आए इतना मोटिवेट किए कि आप रोज आइए रोज सपोर्ट आप रोज आइए रोज ब्लॉग अपलोड कीजिए तो उस भाई का मैं सबसे बड़ा शुक्र गुजार हूँ मैं उसने उसको गुरु मानता हूँ आरती सीमा गोस्वामी को गुरु मानने लगा हूँ यार असल की जो मैं बोला हूँ सच बोला हूँ आरती सीमा को गोस्वामी जितना बस थैंक यू बोलो उतना कम है बहुत कम है बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि उनसे यार मुझे बहुत मोटिवेट किए बहुत मोटिवेट किए इतना मोटिवेट कर दिया कि मैं मुझे उसी दिन से उसी दिन से इतना जोश आ गया कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ उनके बारे में जितना बोलूँ उतना ही कम है और वो सबका सपोर्ट करते हैं आपका भी सपोर्ट करेंगे आप सब लोग उनके साथ बने ही रहो सब लोग प्लीज़ आरती सीमा गोस्वामी के साथ बने रहो सबका सपोर्ट करेंगे सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं वो सच में सही है वो सच में सही है आप सब लोग आगे बढ़ सकते हो तो आरती सीमा गोस्वामी ऑन है ऑन है थैंक यू सभी थैंक यू थैंक यू जितना वो बोलते हैं बहुत बढ़िया बोलते हैं वो सबका सपोर्ट करेंगे आप सब लोग उनके लाइव में भी जाए करो रात को नौ बजे आते हैं यार हम भी पहुंचते हैं आज फर्स्ट टाइम था हमें कल भैया से बोला था कि कल मैं लाइव आऊँगा सुबह और भैया जी बोले बिल्कुल आइएगा मैं ज़रूर अब तो भैया चीज़ लास्ट तक बने हैं अभी तक बने यार भैया जी का जितना थैंक्स है यार उतना कम है और तो आप सब लोग कमेंट करते रहो धीरे धीरे दे पढ़ते रहूँगा धीरे धीरे दे बोलते रहूँगा मेरे साथ जितने लोग इतने इस टाइम जुड़े हुए हैं मैं उनका सभी का नाम लेना चाहता हूँ मेरे साथ इस समय जुड़े हैं श्री राम पटवा रामनिवास पटवा आरती सीमा गोस्वामी ब्लॉग वाले दुर्गेश रित का फैमिली ब्लॉग थैंक यू थैंक यू जितने लोग जुड़े हैं थैंक यू प्लीज़ आप सब लोग लाइव टेंड करते रहिएगा करते रहिएगा यार लाइक टेन करते हो उससे सपोर्ट मिलता है उससे मोटिवेट मिलता है यार आप सब लोग तो। प्लीज़ लाइक टेन कर दो मेरे लिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जरूर मैं करूंगा जरूर थैंक यू दुर्गेश वाले भैया ब्लॉग वाले भैया ब्लॉग वाले दुर्गेस थैंक यू आप, आपका नाम थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है माफ़ कर दीजिएगा धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी सॉरी भैया मैं कुछ नहीं से नहीं नहीं नहीं नहीं कर पा ओके कोई कोई भाई, कोई बात बात बात भाई भाई बस एक कमेंट कर। तो कमेंट तो खुशी मिल जाता है का आ गया यार चलो यार चलो बहुत मजा आता है यार भाई लोग बहुत बहुत बहुत अच्छे हो यार आप सभी लोग बहुत अच्छे हो बहुत ज्यादा अच्छे हो जितने लोग मेरे साथ इस समय जुड़े हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मेरे ब्लॉग में जितने लोग इस समझ चुके सभी का वेलकम थैंक यू थैंक यू फर्स्ट टाइम छह लोग मेरे साथ हैं और एक लोग और आगे आई ब्लोग चीता, ब्लोग चीता जी वेलकम वेलकम वेलकम स्वागत स्वागत है है फर्स्ट टाइम मेरे में आपका स्वागत है, और मैं बढ़िया हूँ आप बताइए जी वेलकम फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में आने के लिए दिल से वेलकम शुक्रिया थैंक यू कैसे हो आप बताइए मैं अच्छा हूँ भैया कैसे हो हम अच्छे हैं ब्लॉग चितु ब्लॉगर चितु ब्लॉगर चित्तू यार नाम थोड़ा लेने में फर्स्ट टाइम है प्रॉब्लम होता है धीरे धीरे सही है दीपाली दि, की दीपाली की दुनिया टू यार सभी का वेलकम यारेलकम दिल से वेलकम आप सब लोग एक दूसरे से बातें करते रहो भी बातें कर दो आप दीपा दीपाली की दुनिया टू आप बताइए आप कैसे हो प्लीज़ बताओ एक कमेंट कर दो प्लीज़ आप कैसे हो बता सकते हो यार्लीज़ तो ब्लॉग चिंतू जी बोल आप दीपिका जी कैसे हो तो आप प्लीज़ उनको बताइए कैसे हो आप बता सकते सब लोग लोग लोग मैं बहुत आज मेरे मेरे साथ इतने प्लीज आप मेरे साथ इतने आप हो कर दो, प्लीज देन कर दो से दिलता है। और आप सब लोग मेरे साथ बने रहो रहोली ब्लॉगर चिंतू बोल रही है न्यू फ्रेंड कम ही प्लीज़ हाँ भाई प्लीज़ कम ही चाहिए इनके पास प्लीज़ और जितने लोग होंग चिंतु ब्लॉगर चिंतू को सपोर्ट करिए प्लीज़ जितने लोग नए हो सोनू सोनू भाई दीपाली जी और जितने लोग हो सब लोग प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए और उनको आज बड़े सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं मज़ा आता है आप सब आपसे मोटिवेट मिलता है यार आप सब लोग प्लीज़ लाइक डन कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ सब लोग फर्स्ट टाइम लाइव आप का स्वागत करता है थैंक थैंक यू यू से जितने लोग मेरे लाइव में जुड़े हो सभी का वेलकम स्वागत करता है आपने लाइव में तो आज का मेरा लाइव फर्स्ट टाइम था बहुत अच्छा बित रहा है आप सभी के साथ बहुत अच्छा बिख रहा है बहुत मज़ा आ रहा है आप सब लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा आने वाले समय में आप सभी को मैं लाइव में ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाऊंगा जो आप सब लोग देखे नहीं होंगे और दिखाऊँगा ऐसा ऐसा चीज़ जो सच में आपने नहीं देखा होगा और देख देख कर आपका दिल खुश हो जाएगा पक्का खुश हो जाएगा खुश नहीं होगा तो प्लीज खुश नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके काली देना पट सच बोल रहा हूँ आपका दिल जरूर खुश होएगा सच में दिल खुश होएगा तो सभी का वेलकम है जितने लोग नए नए इस समय नए जुड़े हो सभी का वेलकम स्वागत है तो आप सब लोग बताइए आप सब लोग कैसे हो प्लीज आप सब लोग बताइए आप सब लोग कैसे हो नहीं ऐसा नहीं है मैं कमेंट पढ़ने में बिजी नहीं हूँ दीपावली रीतिका जी आपको नहीं भूल सकता हूँ ऐसा मत बोलिए क्यों आप हंस लो मुझसे कोई अरे यार आप सभी से, से मैं गुजारिश करता हूँ मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा फर्स्ट टाइम लाए है धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव करूँगा और आप सभी से, से अच्छे से बात करूँगा बस आप सभी लोग ऐसे ही बनाए रखना प्लीज़ आपसे फर्स्ट टाइम लाए प्लीज़ फ़र्स्ट टाइम लाए जितनी भी गलतियाँ होंगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा तो यहाँ पर दीपाली की दुनिया तू भाई जी आपने लाइक कर दिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीपाली की दुनिया को थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो जितने लोग प्लीज़ जाके जित सोनू भाई आप प्लीज़ जाके दीपाली की दुनिया के वहाँ पे जाके उनको भी सपोर्ट करिए तो और आप सभी लोग एक दूसरे से बातें करते रहिए जितने लोग बहुत बहुत बहुत बढ़िया थैंक यू इतने लोग मेरे लाइफ में इतने इतने लोग जुड़े आप सभी का वेलकम है वेलकम है दिल से वेलकम है फर्स्ट टाइम आया भाई इतने लोग आए मुझे बहुत खुशी मिला आप सब लोग की खुश रहो आप सभी लोग के फैमिली में सब कैसे हैं प्लीज़ बताओ और आप कैसे हो आपका नाश्ता हुआ आपका चाय हुआ प्लीज़ कमेंट करके बताओ प्लीज़ एक बार बता सकते हो यार आप लोग प्लीज़ बताओ मज़ा आता है यार बताते रहो प्लीज़ आपके बताने से खुशी मिलती है क्योंकि जि, जि, जितने लोग अभी मेरे साथ जुड़े हो सभी का स्वागत है सभी का वेलकम ये रीत का जी आप कैस कैसे यूट्यूब जी हाँ रीत का आरती सीमा आरती सीमा गोस्वामी जी ऑन है ऑन है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी का वेलकम है जितने लोगों सभी का वेलकम है दिल से वेलकम है आप सब लोग बताइए कैसे हो और आपका नाश्ता कैसा हुआ और आपके फैमिली में सब कैसे हैं पहले तो आप बताओ भाई चाय बाय अरे नहीं जी मेरा अभी चाय नहीं हुआ है और नाश्ता भी नहीं हुआ मैं डायरेक्ट लाइव में बैठ गया क्योंकि आप सभी से, से बात करना था थोड़ा सा और पहली बार लाइव था तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं जल्दी से जल्दी से जल्दी जाऊं लाइव जाऊं तो आप सभी से मिल के बहुत खुशी हो रहा है जितने लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है आपसे लोग आहुत बहुत बहुत बढ़िया हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थेंक दीपाली की दुनिया बोल रही हैं आप भाई पहले आप बताओ आपका चाय नाश्ता हो गया कि ऐसे ही लाइव बैठ गए नहीं मेरा चाय नाश्ता नहीं हुआ मैं लाइव आने के लिए इतना एक्साइटेड था कि मैं जल्दी से लाइव आ गया और यहीं पे बैठा हूँ अभी लाइव ख़त्म होएगा फिर उसके बाद में नाश्ता करूँगा और चाय पीऊँगा चाय तो पीता नहीं पहले से नाश्ता जरूर करूँगा आपसे लोग इतना प्यार दो तो नाश्ता जाए भाड़े में चाय जाए भाड़े में बस आप चलो मेरे साथ बने रहो ये जरूरी है अच्छी नहीं तो का का फैमिली फैमिली इमोजी इमोजी ब्लॉग हाँ तो और सोनू भाई बोले आप सच बोलोगे आप भी जी सह, सही है ऐसे बात सही है ये बड़ी गलती होगी हाँ सोनू जी सोनू जी बोल रहे हैं युवराज भाई आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई तो प्लीज़ भाई आप बताइए मुझसे क्या गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे गलती होगी तो <laughs> नहीं सोनू भाई नहीं मैं समोसे अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ आप गलत बोल रहे हो थैंक यू थैंक यू सबको नमस्कार प्यार भरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार <laughs> मुझे खुशी हो रहा है सोनू भाई ऐसा मत बोलिए मुझे बहुत खुशी मिलता है आप सुन लो कुछ भी बोलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाली भी दोगे गाली भी चलेगा आप सभी के आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हो रहा है बहुत ज़्यादा। सोनू भाई बोले मैं आपको माफ नहीं करूंगा कोई बात नहीं सोनू भाई मैं आपसे आऊंगा आपसे माफी मांगूंगा जरूर मैं मुंबई भी आऊंगा मुंबई में आपसे मुलाकात होगी जरूर सोनू भाई जल्द बहुत जल्द आपसे आपको मुलाकात करनी पड़ेगी मुंबई के अंदर सोनू भाई ऐसा मत बोलो दीपाली की दुनिया टू प्लीज आप उनके लाइव में जाओ प्लीज उनके साथ बने रहो फिर मुझसे गलती हुई सब लोग मुझसे हाँ, मुझे हंसते हैं कोई बात नहीं हँसते हो मुझे खुशी मिलती हाँ मुझे कहीं पे गलती होती है तो प्लीज़ मैं जितने बार बोला हूँ मुझे माफ़ कर देना तो आप सब लोग प्लीज़ माफ़ ही कर देना क्योंकि मुझसे बहुत बहुत बड़ी बड़ी गलती होगी अभी पर मैं अपनी गलती को सुधार करूँगा तो सोनू भाई बोल रहे हैं सभी का यूट्यूब का यूट्यूब चेक करेंगे हाँ भाई सही बात है आप सही बोले हैं तो सोनू भाई बोल रहे हैं आप सभी लोग युवराज भाई को सपोर्ट करो यार सोनू भाई जितने लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं यार मेरे को बहुत ज़्यादा बहुत आगे लेके जाएंगे यही इन्हीं लोगों के वजह से बहुत आगे जा सकता क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइव है फर्स्ट टाइम में इतने लाइव में कोई नहीं जुड़ता है बस आप सभी का प्यार है यार इस छोटे भाई के ऊपर आप सभी का प्यार है मैं सीधा ठोक के कह सकता हूँ और जिस भाई ने मुझे मोटिवेट किया है उन तो भाई को शुक्रिया शुक्रिया दिल से शुक्रिया मेरे को मोटिवेट करने वाले हैं आरती सीमा गोस्वामी भैया भैया जी उनको मैं भैया बोलता हूँ और भाभी जी भी बोलता हूँ एक और उनकी वाइफ को भाभी जी बोलता हूँ उनको भैया जी बोलता हूँ वो मेरे को बहुत सपोर्ट किए हैं यार वो मेरे को इतना मोटिवेट कर दिए इतना मोटिवेट कर दिए इतना मोटिवेट कर दिए इतना मोटिवेट कर दिए कि मेरे बोल बोलते जितने बार बोले उतना ही कम है उतना ही कम है जी सही है सही है आपका बात सही बिल्कुल सही है आप सब लोग प्लीज से का फैमिली में जा सपोर्ट करिए प्लीज रात हो भाई बोल बोल बोल रहे हैं आप आप समझ कर फैमिली फैमिली जी जी प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज सब लोग के पर जितने जा सकते चेक चेक चेक करिए करिए करिए एक बार पता है कोई बात नहीं समझना सभी काम है और युवराज भैया दीपाली जी बोले युवराज भैया मुझे, मुझे समझकर बताओ मैं कौन जी जी जी बिल्कुल मैं बताऊंगा यार मैं आपका ब्लॉग देखता हूं बहुत अच्छा ब्लॉग आप भी बनाते हो दीपाली की दुनिया टू आप भी बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हो मैं आपका ब्लॉग बहुत भुल देखता हूं बस कमेंट एक दो एक ही दो में कर पाता हूं कभी कभी कमेंट करना भूल जाता हूं उसके लिए मुझे माफ़ कर देना दीपावी की दुनिया टू मुझे माफ़ कर देना हेलो भाई बोल रहे हैं आप ठीक से बोल रहे हो नाश्ता नहीं नाश्ता नहीं खाना खा के आया हाँ यार खाना खा के आया सभी देखो यो बन गया बॉडी वोटी यो बनने जा रही है देखो सुनो भाई इसमें भी हाँ इसमें भी ऐड करने का ऑप्शन होता बहुत मज़ा आता है ऐड करके मैं लोगों से बात करता बहुत मज़ा आता है ऐड करके बात करते और मज़ा आता बहुत ज़्यादा मज़ा आता करके बात करो उनका भी सुनो और आप भी बोलो बहुत मजा आता है बहुत ज़्यादा मजा आता है बस आप लोग ऐसा ही प्यार बनाए रखो आरती किस... आर सीमा गोस्वामी जी बोल रही है इब्राज भाई समोसे नहीं खाए नहीं मैं बिल्कुल समोसे नहीं खाया हूँ अभी तक मैं नाश्ता क्यों मैं इतना एक्साइटेड था कल से कि मैं सुबह आठ बजकर पंद्रह मिनट पर लाइव आने वाला हूँ और मेरा मैं सोच रहता ही था जल्दी से जल्दी से जल्दी से मेरा लाइव का समय आ जाए और मैं जल्दी से लाइव जाऊँ तो ऐसा ज़रूर नहीं है मैं समोसा नहीं खाया हूँ नहीं खाया हूँ नहीं खाया हूँ के भाई जी मैं सभी का नाम लूँगा और सभी का कमेंट पढ़ूँगा धीरे धीरे अभी अभी धीरे धीरे मेरा आदत बनने वाला है आप ऐसे ही प्यार बनाए रखो कि तुम बहुत बढ़िया मैं कमेंट सभी का पढ़ूँगा सभी का अभी धीरे धीरे मैं पढ़ पढ़ने वाला था धीरे धीरे क्योंकि क्योंकि अभी मैं मुझे बोलने में और पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि भी मुझे इसलिए दिक्कत हो रहा है कि फर्स्ट टाइम और मैं देख नहीं सकता तो एक फ़ोन में दिख नहीं रहा मेरे फ़ोन में तो दिख नहीं रहा मैं दूसरे का फोन लिया तो उसके फ़ोन में थोड़ा थोड़ा दिख नहीं रहा जल्दी जल्दी आगे हो जा रहा है आगे हो जा रहा है मैं धीरे धीरे आपसे खत्ता में पढ़ूँगा जी हाँ गोसाई भैया जी हमारे जी सही जी है, सही, है, सही है आपका राइट बात सही है सभी का वेलकम जितने लोग सभी का वेलकम सभी का चाय नाश्ता हुआ सभी लोग कैसे हो आप सभी लोग जरूर बताओ तो मेरे लाइव में जितने लोग जुड़े हैं मैं सभी का नाम लेना चाहता हूँ बार फिर से प्यार से और सब लोग शुरू से लास्ट तक पने रहिए जो स्टार्ट करो रीत का फैमिली ब्लॉक सोनू भैया सोनू वही सोनू के ब्लॉग ट्वेंटी थ्री आरती सिमा गोस्वामी दीपाली की दुनिया टू और कई लोग आए थे सभी सभी का वेलकम है बस इतने लोग का इतने लोग ही मेरे साथ दिख रहे हो तो सभी लोग प्लीज़ एक एक कमेंट कर दो आप सभी लोग कमेंट करके प्लीज़ बताओ आप सभी लोग का नाश्ता हो गया और नाश्ता हुआ तो प्लीज़ एस लिख दो या ये भेज दो ये जान जाऊंगा आपसे भी क्या नाश्ता हुआ प्लीज ऐसा भेज सकते हो ऐसा तो आपकी सीमा गोस्वाणी बोली आज के डे में मजा आज के डे में बहुत मजा आ रहा है ही thank you, thank you, बहुत ही मज़ा आ रहा है थैंक यू थैंक यू आपको बहुत मज़ा आ रहा है थैंक यू भैया जी थैंक यू आदि जी आरती थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो ओके ओके रीत का जी ओके रीत का फैमिली ब्लॉक ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप लोग बुरा मत मानो दलती भी होगी तो मुझे माफ करो मैं जितने बार क्यों क्यों इसलिए माफी मांग रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम लाइव है और सभी का कमेंट में पढ़ नहीं पाया हूँ ये भी बता रहा हूँ धीरे धीरे मैं सभी का कमेंट पढ़ूंगा दूसरी लाइन में आप सुनकर दिल खुश हो जाएगा आप सभी को प्यार बहुत ज़्यादा मिलने वाला है मेरे और से बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो करते रहो करते रहो और आज शाम को मैं ब्लॉग शूट करूंगा कल ब्लॉग जरूर आएगा इकिराज भाई आप सभी का नाम कमेंट करो कमेंट पढ़ो, पढ़ो। का नाम कमेंट दीपाली की दुनिया टू बोले राज भाई सबका नाम लेकर कमेंट करो जी जी थैंक यू थैंक यू आप सब लोग सिखाओगे मैं सीखूंगा धीरे धीरे मुझे आदत होगी आप सभी से बात करूंगा धीरे धीरे आदत होगी बात ही रहेंगी मज़े आएंगे आप सभी से सबके साथ मिलकर मज़े आएंगे हाँ कोशिश करूंगा जितनी मुझे आज जितनी गलतियां हो रही हो गलतियां अगले लाइव में ना हो तो अगली बार गलती नहीं होंगी आप सभी के साथ सोनू भाई बोल रहे हैं अरे यार कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ गोस्वामी जी, गो जी। बोल रही है के ओके लिट का फैमिली ब्लॉग ओके ओके कोई बात नहीं आप जाकर आ सकते हो कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है ठीक ठीक है, है बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी बोल सोनू जी बोलने हैं दीपिका जी आप सही कह रहे हो आप सभी का नाम लेकर कमेंट पढ़ें युवराज भाई पहले कमेंट लाइक और थोड़ा बहुत गलती हो बट कोई नहीं युवराज भाई अच्छा है या नहीं या अपनी गलती नहीं है सही सही सही सुधार हो भी गलती में सही सोनू भाई सही बोला आपने बहुत सही बात कही जी कोई बात नहीं आरती सीमा गोस्वामी जी बोलिए ठीक है, है। रीतिका जी कोई बात नहीं फिर मिलेंगे आपको बोलने बोलिएतिका तो फैमिली ब्लॉग बोलिए कोई बात नहीं सोनू भाई हम सब लोग अभी एक फैमिली बन रहे हैं एक दूसरे की गलती को इग्नोर कर रहे हैं हाँ थैंक यू थैंक यू रीतिका जी थैंक यू आपका दिल आपका बात मेरे दिल दिल में अच्छा गया यार मैं खुश हो गया आप बहुत अच्छा बोले यार ये बात बहुत बढ़िया है रीतिका जी बहुत बढ़िया है रीतिका जी पूरा बहुत बढ़िया है रीतका हेमो और सभी मस्त है गुलशन भाई मस्त थैंक यू थैंक यू गुलशन भाई देवेकम फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में आने के लिए थैंक यू थैंक यू गुलशन भैया कैसे हो आप प्लीज़ बताओ और आपका नाश्ता हुआ कि नहीं और गुलशन भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं यार प्लीज़ आप सब जितने नए लोग हो प्लीज़ गुलशन का चैनल प्लीज़ चेक कर सकते हो एक बार आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा यार थैंक यू गुलशन भैया थैंक यू यार मेरे लाइव में आने के लिए मस्त है भाई मस्त हैं गुलशन भैया जी बोल रहे हैं मस्त हैं मस्त है थैंक यू यार गुलशन भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं इतने महान महान लोग मेरे साथ लाइन में आ रहे हैं मुझे बहुत खुशी हो रहा है नहीं गुलसन भैया अभी नाश्ता नहीं हुआ है नहीं किया बहुत सही बात है सही गुलसन भैया कोई बात नहीं कोई बात नहीं और कैसे हो गुलसन भैया और सब लोग कैसे हैं तो हमारे साथ गुलसन भाई भी जुड़े थैंक यू बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू भैया जी मैं ओके रित का फैमिली ब्लॉक ओके बाय बाय टाटा बाय बाय मुझे पता है आपको काम है ओके ओके ओके मास्टर बिल्सन स्वागत करती हूँ थैंक यू थैंक यू बिल्सन भैया आरती सिम गोस्वामी आपका स्वागत करती हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ थैंक यू गुलशन भाई मस्ते मस्ते थैंक यार बस गुलशन भाई मेरा फर्स्ट टाइम लाइव बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लग रहा है यूट्यूब थैंक यू गुलशन भाई थैंक यू सर्च करो फार दुआ दुलशन भाई मस्त और बताओ गुलशन भाई आजकल ब्लॉग आपका ब्लॉग आया है अभी लाइव इंड होएगा तो मैं आपका ब्लॉग देखने वाला हूँ भोजन जितने लोग मेरे साथ जुड़े हो सभी का दिल से वेलकम और स्वागत है मेरे लाइव में आप सभी को प्यार भरा नमस्कार गुड मॉर्निंग राधे राधे सीकाल और सोनू भाई को सलामकुम सोनू भाई आपके लिए प्रश्न अच्छा लग रहा है भैया आप अच्छा अच्छा गुलशन भाई बोल रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हो भैया आप हाँ तो चेहरे पे मुस्कान हमेशा बना रहता है गुलशन भाई आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो पिक में बहुत अच्छा है बाप का तो हमारे साथ बहुत महान अच्छे कलाकार अच्छे ब्लॉगर मिस्टर गुलशन ब्लॉग दिल से स्वागत स्वागत स्वागत थैंक यू हार्ड हार्ड हार्ड ये लो गुलशन भाई ओरिजिनल हार्ड आपके लिए देखो आपके लिए हार्ड मैं दे रहा हूँ आप सब लोग कैसे हो प्लीज़ कमेंट करके बताओ और आप सभी का नाश्ता हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुलशन भैया वेलकम वेलकम दिल से वेलकम आप सब लोग कैसे हो प्लीज़ कमेंट करके बताओ आप सब लोग कैसे हो और आप सभी का नाश्ता हो गया हो गया हो गया मेरे लाइव में आपसे मजा आया कि नहीं आया बहुत मज़ा आया सीमा गोस्वामी ऑन है ऑन है ऑन है ऑन है ऑन है, है, है।, है आप सब लोग ऐसे ही प्यार बनाए हो तो मैं अभी थोड़ी 10 मिनट ऑन लाइव रहूँगा दस मिनट के बाद में लाइव अपना एंड करने वाला तो आप भी लोग प्लीज कमेंट करते रहियो और आपसे भी लोग प्यार बना रखो क्योंकि ऐसे ही मैं ऐसे ही ब्लॉग पढ़ने आने वाला क्योंकि मुझे मोटिवेट करने वाले नमस्कार भाई मुझे सभी लोग ऐसे ही बने रहो ऐसे ही प्यार बनाए रखो यार छोटा भाई आपका ऐसे ही आगे जाइए दिल से फर्स्ट टाइम लाइव आज के लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया बहुत ज़्यादा मज़ा आया जितने लोग मेरे साथ जुड़े जितने लोग मेरे से बात किए जितने लोग मेरे साथ निभा रहे हो साथ में धोखा नहीं दे रहे हो सभी का वेलकम जितने मेरे दुश्मन हैं और जितने भाई हैं जितने अच्छे हैं सभी का वेलकम है यहाँ पर सभी का वेलकम भाई बहुत थैंक यू गुलशन भैया थैंक यू थैंक यू मैं बहुत आगे जाऊंगा आपका आशीर्वाद रहेगा और आप सभी का आशीर्वाद रहेगा मुझे जो मेटि कर किए थे ना मुझे मेरे अंदर जो जोश डाले थे ना वो आरती सीमा गोस्वामी ब्लॉग जब से उनसे मिला हूँ जब से मेरे अंदर दिल में आग लग गया YouTube के प्रति आग लग गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बढ़िया गुलशन भाई बहुत बढ़िया, बढ़िया। वा थैंक यू गुलशन भाई थैंक यू भाई मेरे लाइव में आके आपको कैसा लग रहा है जरूर बताओ और आप सभी का वेलकम है मैं आप सभी का प्लीज एक बार फिर से आप सभी का नाम लेना चाहता हूँ जितने लोग मेरे लाइव में हो आप सभी का वेलकम और आप सभी का नाम लेता हूँ प्लीज चलिए चलते हैं एक और मैं साथ मेरे साथ शुरू से लास्ट टाइम जितने लोग बने रहे सभी का वेलकम सभी का स्वागत आपकी सीमा गोस्वामी जी वेलकम सोनू सोनू के ब्लॉग वेलकम ब्लॉग वाले दुर्गेश फैमिली ब्लॉग दीपाली दीपाली की दुनिया टू वेलकम आरती सीमा गोस्वामी वेलकम वाह वाह थैंक यू भैया जी थैंक यू सभी का वेलकम दिल से वेलकम नौ बजकर पंद्रह जीनो थैंक यूका थैंक यू ओ आती सीमा थैंक यू थैंक यू हाँ हाय नमस्ते हो गया हो गया नाश्ता कर लिए सोनू भाई नाश्ता कर लिए मिस्टर गुलशन बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है भाई आप डीपी बहुत रियल लव थैंक यू भाई थैंक यू गुलशन भाई मेरे लाइव में पार्ट लाइव में आए आपका दिल से वेलकम सर का दिल से वेलकम भाई भाई रहे ऐसा लग रहा है है <laughs> है अभी अभी भैया जी पढ़ना पड़ता फर्स्ट टाइम धीरे-धीरे अंदर बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा और आप सभी से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगेगा मिस्टर गुलशन इब्राह सोन सोनू के ब्लॉग बोल रहे हैं मिस्टर गुलशन भाई कैसे हो तो प्लीज आप सु... गुलशन भाई बताइए सोनू के ब्लॉक 23 को बताइए अब कैसे हो तो गुलशन भाई प्लीज उनको बता दो कैसे हो गुलशन तो भाई तो हमेशा मस्त रहते हैं बस सोनू भाई गुलशन भाई हमेशा मस्त रहते हैं मस्त है भाई मस्त है मस्त है और जितने लोग मेरे साथ लाइव में हो तो प्लीज़ गुलशन भाई को जाकर उनको चेक करिए प्लीज़ चेक करिए उनका वीडियो देखिए वीडियो बहुत अच्छा बहुत है बहुत डांसू है आरती सीमा गोस्वामी दीपाली दिप, दि, की दुनिया टू इथ का फैमिली ब्लॉग गुलशन भैया और मिस्ट और सोनू भैया सभी का वेलकम है मैं इंस्टाग्राम ओके गुलशन भैया मैं भी आऊँगा आपके साथ अभी बनूंगा थोड़ी देर बाद। भैया जी हमारे लाइव में आए आपका बहुत स्वागत बहुत ज्यादा स्वागत मिस्टर आप जी सुन सुन भैया सही सही सही सही तो सभी लोग नाश्ता हो गया होगा सभी का भी नौ नौ पंद्रह होने वाले हैं सभी का नाश्ता हो गया होगा मुझे मालूम है मैं भी थोड़ी देर में नाश्ता करने वाला हूँ नौ बज के पंद्रह मिनट पर